सो तो आज की को लाइट मोशन के टॉप टेन सेक इफेक्ट एनिमेशन देने प्लेट जो कि बहुत ही जबरदस्त पासवोर्ट पोर्ट है आप आप लोगों लोगों को को को वीडियो वीडियो में पासवर्ड पासवर्ड कहीं भी सो हो जाएंगे प्लीज थोड़ा स्किप मत करें तो आप को नहीं पाएंगे। तो कमेंट में मत बोलना भाई पासवर्ड नहीं मिला पासवर्ड गलत है तो फुल दिखना तभी आप लोगों को मिल पाएगा तो अगर चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब के बिल नोटिफिकेशन ऑन पेट का देख लेते हैं So fucking ugly inside, and I, I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul. You must pay, yeah, yeah, yeah, yeah for your sins and all my fears. They can't hide. Inside my head, and I don't know why, but they want me dead. Where's my God? I just need some help, 'cause demons keep screaming inside my brain.